अपना वीडियो देख ये एस एस वीडियो बनानी पड़ती है चूतिया है और इसलिए ये डाला था YouTube पे ये तो पड़ा पे आया तू टेढ़ा क्यों रहा है पेटे नहीं कर थोड़ी है तू कि टेढ़ा हो रहा है अरे इनका है तो सही आ ये धुंधला से क्या मार है कहाँ धुंधला अरे तो कैमरिक तो ही नहीं मार हेलो दोस्तों ये थ्री बी एच का फ्लैट है और ये हमारी लेट्रिंग है। लेट्रिंग हो गई और एक बार दोबारा आपको किचन में लिए चलते हैं हम ये थ्री बी एच का किचन सॉरी और ये ड्राइंग हॉल है ये देखिए अभी काम चालू हुआ है यहाँ पर और अभी वर्किंग डे में चल रहा अभी काम अरे यार ये तो सारे लॉक हैं यार हूँ कैसे दिखा यहाँ पे सर